कटनी से फिर एक रिश्वत का मामला सामने आया है पीड़ित किसान ने जन सुनवाई में पटवारी के ऊपर रिश्वत का आरोप लगाया है पीड़ित का कहना है उसने दे चुके हैं लेकिन और उससे एक हजार की मांग की जा रही है कटनी कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार के दिन जन सुनवाई में ग्राम पटरिया रहवासी गणेश प्रसाद गाड़रिया अपनी शिकायत लेकर आया था इस दौरान उसने पटवारी दादूराम पटेल पर पांच हजार की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है और कहा की जमीन की बही न मिलने केवज में उससे दस हजार रुपए और लेने की मांग की गई है जिसकी शिकायत जन सुनवाई में लेकर पहुंचा है आपको बता दें कि भ्रष्टाचार किस कदर दीमग बनकर सरकारी पायों में जमा हुआ है यह जब पता चलता है कि किसी व्यक्ति को अत्यधिक परेशान किया जाता है और वह परेशान होकर ऐसी शिकायत लेकर पहुंचता है उसके बावजूद भी ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने में परहेज किया जाता है हाल ही में कटनी के ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त कई मामले उजागर हो चुके हैं उस मामले में जबलपुर लोकायुक्त तो द्वारा कार्रवाई की गई थी मगर इसके बाद भी उच्च पद पर बैठे ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होने में विलंब क्यों होता है यह समझ के परे है जबकि एक पीड़ित किसान हाथों पर शिकायत लेकर स्वयं जन में पहुंचता है और पीड़ित अपने ऊपर हुई आप जनसुनवाई में रखता है जो मध्य प्रदेश के मुखिया की बनाई गई जनसुनवाई है जिससे पीड़ितों को इसका लाभ मिल सके उसके बावजूद पीड़ित मीडिया के सामने अपनी शिकायत रखता है जिससे उसे न्याय मिल सके अब देखना यह है कि इन भ्रष्टाचारियों पर जन सुनवाई में आवेदन देने के बाद भी क्या कार्रवाई की जाती है या इस शिकायतकर्ता को भी अलग अलग ऑफिसों में दर दर भटकना पड़ेगा शिकायत में यहाँ लेकर आया कि मेरी आज, आज दिनांक तक मेरी बहुत अलग करके पटवारी द्वारा नहीं दिया गया और मेरे ऐसी दादूराम पटेल द्वारा पाँच हजार रूपए लिया गया छिपाकर नोटों के किताब के अंदर किताब और 10000 की मांग और की जा रही है नहीं करने पर बोल रहे हैं कि तुमको हम देख लेंगे मैंने कलेक्टर के यहां दिया और अपना तरसीली में दिया एक सौ इक्यासी तक करवाया आज दिनांक तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन ये मिला है कि काम हो जाएगा बस इतना ही बोल रहे हैं और काम नहीं हो रहा है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 Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals. Known India's premier skill based university, Rabindranath Tagore University.